ओके okay. आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जवासिप के अंदर या अदर लैंग्वेजेस के अंदर आप फैबोनिक सीरीज को किस तरह से बनाते हैं ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसी तरह से बनती है बस सिंपल पर, आपका जो डिफरेंस होता है वो ये है कि उनके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो अलग से बनते हैं दैट्स इट बाकी लुक तो वही है जो आप बनाते हैं सेंटेक्स चेंज होता है आपकी सीरीज यही होती है एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम परफॉर्म करते हैं For for the purpose of of creating a a logic of student, student logic student, student programs perform एक, uh, variable for example a रख देता फिर वेरिएबल बी बना देता हूँ जिसकी जो वैल्यू है वो वन दे देता है I have created two variables, a और b, ए की value जीरो है b की value वन है सही है उसके बाद मैं इनको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट ही करवा दूंगा कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू क्या है जी ये है ये करने के बाद मुझे क्या करना है अब मैं लूप चलाऊंगा क्या चलाएंगे लूप फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर देखा जाए तो आपने दो वेरिएबल बनाए एक की वैल्यू रखी जीरो दूसरे की वैल्यू रखी वन उसके बाद आपने क्या कर दिया उसको प्रिंट करवा दिया इसको एग्जीक्यूट करते हैं अब उसके बाद हमने क्या करना है एक लूप बना देना अब फायल लूप के थ्रू करें डुबाइल के थ्रू करें फॉल लूप के थ्रू करें आपकी मर्जी है हम फॉल लूप के थ्रू इसको परफॉर्म करते हैं। तो फॉल लूप के बाद आपने वेरिएबल बना दिया वेरिएबल अच्छा अब वेरिएबल किस नाम से बना देंगे मैं बना देता हूं सी के नाम से और सी वेरिएबल की वैल्यू मैं जीरो रख देता हूं या वन रख देता हूं उसके बाद हमने क्या करना है यहां पे जब तक छोटा है और इक्वल है अब जब तक आप लूप को चलाना चाहते हैं आप चला दें ट्वेंटी तक टेन तक या फिफ्टीन तक आपकी मर्जी है उसके बाद सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहना दैट्स इट ये हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल सप सही है कि क्या करो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ सी के नाम से और सी की वैल्यू जब तक छोटी है टेन से तब तक सी के अंदर इंक्रीमेंट करते रहनी है फिर लूप की ब्रेकेट को स्टार्ट करते हैं क्लोज करते हैं दैट्स इट सही है जी उसके बाद क्या करना है उसके बाद एक सिंपल सा काम यह करना है कि यहां पे आके एक वेरिएबल सी भी बना देना है जो अभी हम इस लूप के अंदर सॉरी डी इसको लूप के अंदर हम यूज करेंगे कौनसेप्ट क्लियर है अभी डी की कोई वैल्यू नहीं है अब एक चीज नोट कीजिएगा बेटा ये वाला जो वेरिएबल है ना लूप का इस सीरीज को बनाने के लिए कहीं यूज नहीं होगा समझ में आ रहा है जैसे होता है ना कि सी की वैल्यू या ए वेरिएबल बनाते हैं तो ए ही वैल्यू लूप पर रिपीट करवाते तो आपका ये लूप सिर्फ 10 तक चलेगा दैट्स इट जो रिपीट होंगे वो लूप की रिपीटेशन तो हो रही होगी लेकिन इसके अपने वेरिएबल की कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इसका मकसद ये है कि जो इसका सी का वेरिएबल है ना वो इस सी के वेरिएबल को हम इस सीरीज बनाने के अंदर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे कॉन्सेप्ट क्लियर है सी का वेरिएबल लूप का वेरिएबल है जिसका काम है सिर्फ रिपीट करवाना लूप वन से लेकर टेन तक इट अब रिपीट किसको करवाना है आपकी मर्जी है ना आप किसी और वेरिएबल किसी और स्ट्रिंग किसी और चीज को रिपीट करवा दे फर्क नहीं पड़ता तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा मैं सिंपल यहां आऊंगा और यहां पर आके डॉक्यूमेंट डॉट डौक राइट के अंदर जो सी सॉरी डी का वेरिएबल है मैं उसको प्रंट करवा देता d का वेरिएबल क्या कर देते प्रिंट कर देते हैं। अब आप बोलेंगे d के वेरिएबल को आपने वैल्यू तो दी नहीं है है ना तो बेटा ये कुछ लॉजिक इस तरह से सेट होगी अच्छा जी तो अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है इसको यहां पे आके एग्जीक्यूट करना है तो आपको इस तरह से चीजें बता देगा कि यार डी तो अनडिफाइंड है आपने अभी तक डी बनाया ही नहीं है तो सिंपल सी बात है आपने डी को बाहर बनाया आप यही भी बना देते तो कोई फर्क नहीं था कि लूप के अंदर आप एक डी का वेरिएबल बना देते इस तरह तो से ठीक है अब आप क्या करेंगे मैं यहां पे आके डी को बेशक प्रिंट तो करवा रहा हूं आपके माइंड में होता कि यार शायद सर सी को प्रिंट करवाते तो बेटा मैंने कहा इस सीरीज को बनाने के लिए जो लूप का वेरिएबल अपना है ना सी वो कहीं पर भी जाके प्लस माइनस डिवाइड नहीं होगा ये जो तीन वेरिएबल है ना ए बी और डी यही सिर्फ रिपीट होते रहेंगे सी कहीं भी जाके क्या नहीं होगा यूज नहीं होगा इस पूरी सीरीज को बनाने के लिए होगा क्या मैं चाहता हूं डी को इक्वल करके यहां ए प्लस बी करवाया जाए अब ए जो आपका ऊपर है बना हुआ ए की वैल्यू क्या है जीरो बी की वैल्यू क्या है वन तो यहां आके देखो आपका होगा क्या ए की वैल्यू है जीरो और बी की वैल्यू है वन. वन अब ये दोनों जब जुड़ेंगे तो डी को क्या मिलेगा जीरो प्लस वन वन, वन. तो अब डी क्या प्रण करेगी वन कर देगी और उसके साथ एक स्पेस भी प्रण कर लेगी सेव करते हैं यहां आते और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है अब आप देखें वन वन रिपीट हो रहा है ऐसे ही है ना लेकिन मुझे आप ऐसा समझ लें कि यहां तक तो सीरीज मिल गई है जो मुझे चाहिए अब आगे देखना है तो बेटा इसके लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा स्वैपिंग करनी पड़ेगी या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को देनी पड़ेगी और दूसरे की वैल्यू तीसरे को देनी पड़ेगी सही है अब किस तरह से देखें मैं क्या करूंगा ए को असाइन कर दूंगा बी और बी को असाइन कर दूंगा डी सिर्फ ये करने से आपकी वो सीरीज मिल जाएगी जो आपने सोची हुई एज दट इज साइबोनिक सीरीज अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये हुआ कैसे ठीक है इसको समझ लेते हैं बेटा सबसे पहले देखें जब यहां से लूब का वेरिएबल चला तो लूब का सी वेरिएबल तो कहीं पे भी ना प्रंट हो रहा है ना एड हो रहा है ना इक्ुअल हो रहा है ना स्वेप हो रहा है ऐसे ही है ना बस c का वेरिएबल क्या कर रहा है One से लेकर टेन टाइम लूप को रिपीट करेगा रिपीट हो कौन रहे हैं? यही वेरिएबल जो बाहर बनाए हुए थे सही है? अब बात करते हैं हमारे पास a की वैल्यू थी जीरो b की थी वन जब आप नीचे आए तो a को बेटा आपने क्या साइन किया b तो b की वैल्यू थी वन और वो किसको साइन हो गई a को सही है और B जब आपने अभी प्रंड करवाया तो B की वैल्यू भी थी 1 तो आप सॉरी D की वैल्यू D जब आप प्रंड करवा रहे हैं तो D की वैल्यू वहां पे क्या आ रही 1 आ रही है ऐसे ही है ना सिंपल है A की वैल्यू 0 थी फर्स्ट टाइम B की वैल्यू 1 थी आपने जब जोड़ के ये D को दिया तो D हो गई प्रंट जो 1 आपको यहां नजर आ रहा है दिस वन सही है उसके बाद आप नीचे आए और आपने ए को बी दे दिया और बी को डी दे दिया अब ए को जैसे ही आपने बी दिया तो बेटा बी की वैल्यू वन थी बी की वैल्यू क्या थी जो किसको किस हो चुकी है अब ए को और डी की वैल्यू क्या थी वन जो कि आप किसको असाइन कर रहे हैं? बी को अब जब लूप रिपीट होगा और टॉप से जब नीचे आएगा तो यहां पे अब ए की वैल्यू जीरो नहीं रही अब क्या हो गई है 1 और B की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 1 1 और one one क्या हो हो जाएंगे जाएंगे बेटा 2 2 और आपके वो किसको D को यानी की वैल्यू आउटपुट में क्या आनी चाहिए 2 यहां आओ देखो आपको 2 मिल गया ये देखिए 2 मिल गया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है अब फिर से आपने क्या करना है स्वैपिंग करनी है A को फिर से बी देना है बी की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम बेटा वन तो a को फिर से वन ही मिला और b को अब वन नहीं मिला क्योंकि b को हमने d दी हुई है b को क्या दी हुई हमने d और d अभी जो प्रंट हुई तो उसके पास क्या था टू था इसका मकसद b को अब क्या मिल गया टू मिल गया ऐसे ही है अब फिर से लूप रिपीट हुआ ऊपर आया अब फिर से a प्लस क्या होना है b होना है तो a की वैल्यू बेटा क्या थी वन और बी की वैल्यू क्या थी टू तो ए प्लस बी करवा दी वन प्लस टू कितने कर लेगा. तो आपको आउटपुट में यहां पे थ्री नजर आ जाएगा कौन से क्लियर है स्वैपिंग सिंपल है बेटा आपके पहले वाले जो दो नंबर हैं ये जुड़ के तीसरा नंबर मिल जाता है सही है फिर इसका प्रियस वन जैसे ये वन और ये वन जब जोड़ते हैं तो आपको नया डिजिट मिलता है सही है फिर जो नया डिजिट मिला उसके प्रियस वन यानी इसको वन और प्लस टू करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री फिर थ्री का जो लेफ्ट साइड डिजिट है वो कौन है टू है इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा नया डिजिट मिलेगा तो प्रियस नंबर के साथ जोड़ो वो करंट डिजिट तो आपको नया डिजिट मिल जाता ये आपकी फैबोनिक सीरीज है जिसको यूज कर ठीक है जी ये था आपका फैबोनिक सीरीज